Hola right. मोरे महेंगे हरे कोई हाथ सजनवा मोरे महेंगे हरे कोई हाथ सजनवा कर के सच्चा धन सहीयो शक्ति भारी अच्छा yeah. yeah. देख ये तो रात हो गई हां यार क्या नाम नाम पहले जारी हुई है ये बने लाएंगे सामान अच्छी वीडियो बना जला जला और बने है देना भाई ये हरिया बोदी बैकग्राउंड <laughs> म्यूजिक वाले को आ सलाम वाले सलाम الثانيه راد فامو رمضان کوئی یار سنجه کو جا کے سن ہوئے ہم سب لوگ ڈرا نہ پڑے ہیں کہیں لے جا کام نہیں bonnet de halal हेलो बना भी दे हमारे पप्पू पैसा ले रहे थे तो, तो ये फेरी सही है कि नहीं अगर थल पर तो तो जाए आए, आए, नहीं नहीं लगण। लगण। है। तो और जाए तो जाए आइए आइए हमारे सरपंच साहब महोदय है धन्यवाद ग्यारह रुपया दे रहे विनोद भैया के आज आदमी हमारे नलवरिया ग्राम बाग आरोप यार लेकर हो ग्यारह नहीं मानत मैं